स्वागत है आपका सरोज दीदी के YouTube चैनल पे गीत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें अपने रिश्तेदारों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद भर दिया भक्ति से तन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे भर खो दे दिया खोज प्रभु धन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे भर दिया भक्ति से तन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे दे दिया खोज प्रभु धन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे वह दीन बड़ी घड़ी बड़ी शुभ थी जिस दिन चरनारे थे वह दिन वह घड़ी बड़ी शुभ थी जिस दिन चरण निहारे थे मीठा जन्म मरण का दुख फेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे भर दिया भक्ति से तन मेरा गुरुदेव तुम्हारे जय हो दे दिया खोज प्रभु धन मेरा गुरुदेव तुम्हारे जय हो श्री हरी तुम तो मिलते छर में गुरुदेव का मिलना मुश्किल है श्री हरी तो मिलते चन भर में गुरुदेव का मिलना मुश्किल है कर कृपाया अपने ही ट ते तेरा गुरुदेव तुम्हारी जय हो भी। भर दिया भक्ति से तन मेरा गुरुदेव तुम्हारे जय हो दे दिया खोज प्रबोधन मेरा गुरुदेव तुम्हारे जय हो अपनी बुद्धि से चक्कर में हम जिस खोजते फिरते थे अपनी बुद्धि के चक्कर में हम अपने जिसे खोजते फिरते थे अवदृष्टि घुमा कर दिखा दिया गुरुदेव तुम्हारी जय हो भर दिया भक्ति से तन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे दे दिया खोज प्रोधन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरु दिया प्रभु दे दिया खोज प्रोधन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय हो दे सुधा प्रेम के प्याले में मेरे विषय विकारों को मारा दे सुधा प्रेम के प्यालों में मेरे विषय विकारों को मारा भवपक के खी भावपक से खींचा कर मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे भर दिया भक्ति से तन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे दे दिया खोज प्रबोधन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय हो हम तुम पर शक्का करते थे तुम प्यार हृदय में भरते थे हम तुम पर शक्का करते थे तुम प्यार हृदय में भरते थे करुणा का हट करके तारा गुरुदेव तुम्हारी जय होवे करुणा के धट को करके तारा गुरुदेव तुमारी जय होवे भर दिया भक्ति से तन मेरा गुरुदेव तुमारी जय होवे दे दिया खोज प्रबोधन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय हो दे दिया खोज प्रभु धन मेरा गुरुदेव तुम्हारी जय हो